म शारदा की नगरी मैयर में बरसते पानी में तरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों से घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की गई पुलिस के इस आयोजन से लोगों में एक नया जोश देखने को मिला मैयर में जमाजम बारिश में निकली पुलिस की तरंगा रैली टीआई और एसडीओपी ने मोर्चा संभाल रखा था और लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की अपील की गई सतना जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारी बरसात में मैयर पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली एसडीओ लोकेश डाबर और टीआई संतोष तिवारी के नेतृत्व में हुए इस आयोजन से लोगों में नया जोश देखने को मिला वास्तियाज ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरी दिजल्ट एंड डिलीवरिंग दैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनी वर्ल्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन